mera naam satyamavo aaraam mera naam satyamavo aaraam mera naam satyamavo aaraam mera naam satyamavo aaraam नहीं Oh, oh, oh. oh, yeah. oh yeah. You got me. Yeah uh -huh.